भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भगवत भगवान की है आरती को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ग्रंथ ये मुक्ति पंत ये पंचम वेद निराला नव ज्योति वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंत ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला हरि नाम यही धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है थी पापियों पाप से पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला हर दर्श दिखाने वाला यही सुख करनी यही दुख हरनी न की आरती पापियों को पाप से तारापियों पोपा पापियों को पाप से ये मधुर बोल जग बंद खोल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद खोल सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही की महिमा की आरती पापियों को तो पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती